मेरा मेरा तो एक आज व्हाट्सएप मैं साल मत दो फिर से आ आगे आपके सामने नए टाइप का नए किस्म का ब्लॉग लेके तो आज ये अठवा दशन का दिन है विनोद बिहारी मातो जी का पुण्यतिथि आज और एक तीसवा विनोद मिला जो कि बलियापुर विनोद धाम में लगने वाला है तो आज माला अर्पण होगा सब कुछ होगा तो वही हम लोग घंटा हाई स्कूल से एक रैली निकाल रहे हैं और रैली निकाल के जाएंगे बलियापुर विनोद धाम और करेंगे माला अर्पण तो आप बने रहें वीडियो में और सुनने में आया है कि इस रैली को संबोधन करने के लिए आने वाले हैं टाइगर जराम तो।, तो आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड इंटर बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर वीडियो आपको मेरे वीडियो में देखने को मिलेगा तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नहीं है ना यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और बेल को प्रेस कर दो तो ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके जो तो भी हम जाते हैं रैली की ओर और, और आपको दिखाते हैं खतरनाक वाला सिनेमाटिक शूट हम मैदान पहुंच चुके हैं जहां से रैली निकलने वाला है आप देख सकते हो तो ये प्रधान हाँ का मैदान है ये वाला तो यही से रैली स्टार्ट होगा और भाई मजा ही आ जाएगा देखते हैं कब तक आने वाला है चेहरा तो। तो ये आप देख सकते हो तो मैदान का नजारा जो की हाँ अगले वी गई दीरो मेरे बॉम्बे में बैठ जाए इधर पायरों को भी देख गई थी अगले में हो गई लगा जयराम दादा की एंट्री हो चुकी है जैसे कि आपने देखा अभी हम दिखाने वाला आपको विनोद मेला काफी धूमधाम वाला देखो यहाँ पे जयराम दादा आप देख सकते हैं जयराम दादा की एंट्री का ही बताए आपको इतना भीड़ हो रहा है ना तो खुद चला मिलने का मौका नहीं मिल रहा है आपको क्या मिलाएगा इतना ज्यादा भीड़ हो गया एक दो पीछे में क्या ही बताए यार का ही बताए हम फिर भी ट्राई करेंगे आपको मिलवाने की तो गया विनोद बिहारी माधो कॉलेज मतलब विनोद धाम को आप बोल सकते हो ये जो आप देख सकते हो ये इंटर कॉलेज है इसी के पीछे आपको डिग्री कॉलेज मिलेगा जहाँ पे होने वाला है विनोद मेला वहीं पर श्रद्धांजलि दिया जाएगा विनोद बाबू को आप तो तुम बने रहे वीडियो पे हम आगे से जो दोस्तों आपको दिख रहे हैं वहीं से जाएंगे विनोद धाम हम दो विनोदाप पहुंच चुके हैं आप मेरे पीछे ही देख सको यहाँ विनोद बाबू को समाधि हो रहा है अब दिखाएंगे ये देखो आप यहाँ पे हो रहा है, दा ये ये है बाबू विनोद मेला का नजारा यहाँ पे ऐसे तो गाय विनोद मेला का नजारा अब हम आपको लेके जाएंगे समाधि स्तर पर हो रहा है मालार्पण hielo बताए हमने सोचा था कि जयराम दादा के जाएंगे साथ जाएंगे श्रद्धांजलि देने लेकिन जब जयराम दादा श्रद्धांजलि देने गए ना तब क्या ही बताऊँ यार इतना भीड़ इतना भीड़ इतना ज़्यादा भीड़ कि का ही बताऊँ फिर मैंने डिसाइड किया वीडियो तो बाद में भी बन जाएगा पहले जान बचाया जाए तो मैंने सबसे पहले जान बचाया उसके बाद वीडियो तो मैं बाद में भी ले लूँगा तो अभी मैं जा रहा हूँ श्रद्धांजलि वाला वीडियो लेने के लिए मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो लेने के लिए श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूँ श्रद्धांजलि दे रहा हूँ इसलिए तो लोग गाय तुमा, तो लो हम चले श्रद्धांजलि देने मतलब श्रद्धांजलि दे रहे इसलिए बना रहे हैं आप ये मत सोचो की वीडियो बनाने के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम जा रहे यार श्रद्धांजलि देने के लिए अरे राहुल आप जान जान का ओ तो डिस्टर्ब करो चल जाते हैं अभी चलते हैं चली जाइए तो श्रद्धांजलि सबसे पहले कब सबसे पहले हम जूता खोलेंगे चंपल हमने खोल लिया तेरसों भेज समझे ना दे दे दे आप सार्दान जी दे दिया, अब तो नहीं मेला घूम, मिले? हाँ, मेला घूम, आज खाजा नहीं। तो किनी -किनी -किने नहीं खो, तो मैं किन्हीं किन्हीं के हमें किन्हीं पर वो कहेगा हम चरण मोटेज में अलाइव पैसा कौन? नहीं होगी, मिले? तो तो लाक तो तो तो मैं मेला घूम रही हूँ, मिले देखें मेला, ले खाए ले खाजा, ले खाए ले खाजा, खा� स्टेज प्रोग्राम में नहीं आ रहा था मजा इसलिए हम मेला से बाहर आ गए अब हम जाएंगे घर की ओर तो आप देख सकते हो हमने ले लिया है चिड़िया हम चबा चबा के जाएंगे घर की ओर तो मैंने इतना कुछ किया आपको वीडियो दिखाने के लिए आपको बस करना ही है ये की आपको वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना बाकी आपको कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसा लगा और हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉक में तब तक के लिए टाटा बाय बायर और जय झारखंड और सबको बोलो विनोद बाबू अमर कमेंट में सबको लिखो एस टैग बाबू कमेंट करो तुम विनोद बाबू अमर रहे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना यार क्योंकि आप है तो हम है बाकी जिंदगी झंड है जय झारखंड